दर्शकों जय श्री राम सबसे पहले होली महापर्व की आप सभी सम्मानित श्रोताओं को दर्शकों को हृदय से बधाई और आभार और ढेर सारी शुभकामनाएँ दर्शकों आज जो हम आपको जो है विषय बताने जा रहे हैं कि होली के अवसर पर कौन कौन से ऐसे प्रयोग आप कर सकते हैं दिव्य उपाय कर सकते हैं जिनको आपको आने वाले एक वर्षों में अद्भुत लाभ मिले तो दर्शकों इस प्रोग्राम को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एक हम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे हर एक विषय को इसमें हम समाहित किए हुए हैं तो सबसे पहले करना क्या रहेगा देखिए जो है होलिका वाले दिन और जो है जिस दिन जो है क्या कहते हैं होली खेली जाएगी तो इस दिन आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ हनुमान अष्टक का आप ग्यारह बार पाठ कर लें आपके लिए बेहतर रहेगा देखिए दर्शकों होली की जो पूजा है ये मुख्यतः भगवान विष्णु अर्थात जब नर्सिंग अवतार हुआ था इनको ध्यान में रख कर के की जाती है ये आप सभी दर्शक इससे भली भांति परिचित हैं करना क्या रहेगा देखिए दर्शकों होलिका दहन वाले दि, दिन घर के जो आपके प्रत्येक सदस्य हैं इनको देसी घी घी में भिगोई हुई दो लौंग फिर से ध्यान से सुनिएगा देसी घी में भिगोई हुई दो लौंग एक बताशा और एक पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना रहिए चढ़ाना इनको चाहिए ये जो है मतलब घर के प्रत्येक सदस्य करेंगे ही करेंगे होलिका की जब आप परिक्रमा करेंगे तो 11 बार परिक्रमा करते हुए होलिका में सूखे नारियल की आहुति देना आपके सुख समृद्धि को बढ़ाता है आप लोग इस प्रयोग को भी यदि आप लोग सुख समृद्धि चाहते हैं और कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो होलिका दहन में नारियल आप लोग जरूर डालिए होलिका दहन वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांध करके काले तिल रखिएगा रात को जब होलिका प्रज्वलित होंगी तो वहां पर जा करके आप लोग वो जो आपकी पोटली रहेगी काले कपड़े में काले तिल उनको जा करके आप होलिका दहन में आहुति कर लीजिए यकीन मानिए दर्शकों ये टोटका इतना अच्छा है कि आपकी यदि किसी से शत्रुता होगी तो वो दूर हो जाएगी दर्शकों एक उपाय और आपको बता रहे हैं आज उपाय की हमने यहाँ पर भरमार कर दी है तो इस लिए एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं होलिका दहन के समय जी हाँ ध्यान से सुनिएगा होलिका दहन के समय सात गोमती चक्र लेकर के भगवान से ईश्वर से आप लोग प्रार्थना करिएगा भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में कोई शत्रु कभी बाधा ना डाले वो होता है ना दर्शकों कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं दूसरों से देखा नहीं जाता है तो आपके जो है चीज़ों में टांग अड़ाते हैं तो ये आप प्रार्थना करिएगा कि आपके मार्ग में आने वाले मतलब जो है दिनों में या आने वाले वर्षों में आपके शत्रु कोई बाधा ना डाल जो है डाले प्रार्थना के पश्चात ये जो गोमती चक्र रहेगा इसको पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ आप लोग होलिका में गोमती चक्र का दहन कर दीजिएगा आपके शत्रु वहीं समाप्त हो जाएंगे अगला उपाय लीजिए होलिका दहन के दूसरे दिन जब होली की राख बसती है तो इसको घर को ले जा करके उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिला करके रख लीजिएगा इस प्रयोग से कभी भी भूत प्रेत या नज़र दोस्त आपको नहीं लगेगा जब भी घर में आपको लगे कुछ नेगेटिव शक्ति है या किसी को नज़र लग गई है उस राह का थोड़ा सा आप लोग तिलक लगा लीजिएगा सारी चीज़ों से मुक्ति होगी एक और उपाय आप लोग लीजिए देखिए वीडियो अगर भाग जा रही है तो आप लोग फिर से स्किप करके देख लीजिएगा होली के दिन से शुरू हो करके बजरंग बाढ़ का यदि 40 दिन तक की आप लोग नियमित पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी जिस दिन होलिका दहन हो वहां से संकल्प करिए और 40 दिन तक की करिए अगला उपाय यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर के होलिका दहन के दिन रात्रि में शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है होलिका दहन है आप लोग देख लीजिएगा एक वीडियो हमने बनाया है होलिका दहन वाले दिन 21 गोमती चक्र शंकर जी पर शिवलिंग पर चढ़ा करके चले आइए निश्चित रूप से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगे दर्शकों नवग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है बहुत मेजर रोल ये लोग प्ले करते हैं नवग्रह बाधा के दोषों को दूर करने के लिए होली की राख से शिवलिंग की यदि आप पूजा करते हैं तथा राख मिश्रित जल से स्नान कराते हैं भगवान भोलेनाथ को तो निश्चित रूप से धन संबंधी सभी चीज़ें जो हैं ये आपके अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी कोशिश कीजिएगा कि होलिका दहन वाले दिन किसी अपंग गरीब व्यक्ति को आप लोग 11 हो गए या 21 हो गए इतने लोगों को आप लोग भोजन जरूर कराइए साथ ही साथ होलिका दहन की रात्रि को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जला करके यदि आप भगवान की पूजा करते हैं भगवान से वर मांगते हैं सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं सभी इष्ट सिद्ध होंगे दर्शकों यदि बहुत बुरा समय चल रहा हो और लाख उपाय करने के बाद भी चीजें आपके अनुकूल ना हो रही हो तो होलिका के दिन आप लोग जानते हैं कि एक जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है ये नई घड़ी ले आइएगा और इस घड़ी को पूर्व या उत्तर दीवार पर लगाइएगा परिणाम आप लोग स्वयं देखिएगा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी दर्शकों देखिए राहू केतु बहुत परेशान करते हैं हम लोगों को तो होलिका दहन वाले दिन आपको करना क्या रहेगा एक नारियल का गोला लेना रहेगा उसमें थोड़ा सा आप लोग छेद कर लीजिएगा और उसमें अलसी का तेल भर करके थोड़ा सा उसमें गुड़ डालिएगा उस नारियल के गोले को राहू से ग्रस्त व्यक्ति जिनकी राहू की दशा चल रही होगी अपने शरीर के अंगों से स्पर्श करा करके जलती हुई होलिका में यदि रात को डालते हैं तो पूरे वर्ष भर राहु से परेशानी की संभावना नहीं रहेगी राहु देव उनके शांत रहेंगे लाख प्रयासों के बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं होती है तो करना क्या रहेगा मनोकामना की पूर्ति हेतु होलिका के दिन से शुरू करके प्रतिदिन हनुमान जी को पांच लाल पुष्प आपको चढ़ाना रहेगा मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण होगी बिल्कुल इसको आप लोग नोट कर लीजिए अगले उपाय के चलते हैं होलिका वाले दिन नोट करते रहिए का कॉपी पेन लेकर होलिका वाले दिन प्रातः जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन सुबह बेलपत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए यदि शिवलिंग पर आप 21 बेलपत्र सच्चे मन से अर्पित कर देते हैं ओम नमक शिवाय मंत्र से और बाद में सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेवा की खीर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ति होगी ही होगी स्वास्थ्य हेतु जो है आरोग्य हेतु क्योंकि इस समय देखिए तमाम संक्रमण चल रखे हैं तो स्वास्थ्य लाभ हेतु या मृत्यु तुल कष्ट भी हो रहा हो तो ऐसे में जो ग्रस्त रोगी हैं इनको रोग से छुटकारा दिलाने के लिए जव के आटे में काले तिल एवं सरसों का तेल मिला करके थोड़ी सी मोटी रोटी बनाइएगा और उसे रोगी के ऊपर से सात बार उठा जो है उतारना है और होलिका दहन वाले दिन देखिए यदि किसी भैंस को खिला देते हैं तो आपके यहाँ जो रोगी हैं वो शीघ्र स्वस्थ होंगे ऐसा बिल्कुल विश्वास है दर्शकों ये सब जो उपाय हैं ये सब जो टोटके हैं इनको आप लोग करिएगा निश्चित लाभ होगा साथ ही साथ दर्शकों व्यापार लाभ के लिए होली के दिन गुलाल के हाँ एक बात और बताना चाहेंगे हमने होली से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर प्रत्येक राशि के लोगों के लिए डाल रखा है आप लोग जा कर के देख सकते हैं व्यापार लाभ के लिए होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रख करके उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांध करके यदि आप लोग अपने तिजोरी में रखते हैं तो व्यवसाय में आपके लाभ होगा ही होगा होली के अवसर पर एकाच्छी नारियल की देखिए दर्शकों पूजा करनी चाहिए और एकाच्छी नारियल की पूजा करके लाल कपड़े में लपेट करके यदि दुकान या व्यापार स्थल पर आप लोग स्थापित करते हैं साथ ही साथ स्फटिक का शुद्ध श्रीयंत्र रखते हैं उपाय पूर्वक निष्ठा पूर्वक श्री सुक्त लक्ष्मी सुक्त का पाठ करते हैं तो दिन दुग्नी रात चौगनी वृद्धि हो देखने को मिलती है दर्शकों बहुत धन हानि हो रही बहुत आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो धन हानि से बचाव के लिए होलिका वाले दिन मुख्य द्वार पर अपने गुलाल छिड़किएगा। उस दिन द्विमुखी दीपक जरूर जलाइएगा दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करिएगा रेण मंगल स्त्रोत का पाठ करिएगा जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में आपको डाल देना रहेगा ये पूर्वक श्रद्धापूर्वक करिएगा जो दीपक दो आप जलाएंगे जब वो बुझ जाएगा उठा करके होलिका जहाँ पर दहन होंगी जाके आपको डाल देना रहेगा दर्शकों दुर्घटना से बचाव के लिए होलिका दहन से पूर्व पांच काली लेकर के होली की की पांच बार परिक्रमा करिएगा और और अंत में होलिका ओर पीठ कर लीजिएगा फ्रंट फेसिंग मत होइएगा उन गुंजाओं को अपने सिर के ऊपर से क्लाकवाइज पांच बार उतार करके और पीछे फेंक दीजिएगा निश्चित रूप से आपको जो है अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे देखिए दर्शकों होलिका के दिन और होली के दिन प्रातःकाल उठते समय ऐसे व्यक्ति से कोई वस्तु भेंट मत लीजिएगा जिससे आप द्वेष रखते हो या आपसे अगला द्वेष रखता हो कोशिश कीजिएगा होली वगैरह जब खेलिएगा तो सिर ढक करके खेलिएगा कभी किसी को अपना पहना हुआ वस्त्र या रुमाल बिल्कुल भी आज के दिन कदापि मत दीजिएगा इसके अतिरिक्त इस दिन शत्रु या विरोधी से पान इलायची लौंग आदि बिल्कुल भी मत लीजिएगा ये सारे उपाय सावधानी पूर्वक करिएगा दुर्घटना से बचाव होगा आपको आत्मरक्षा हेतु किसी को आप लोग कष्ट मत पहुंचाइएगा किसी का बुरा ना करें और ना किसी का बुरा सोचे आप अपने रक्षा के बारे में सोचिएगा यदि आपके घर में कोई शारीरिक कष्टों से बहुत ज्यादा पीड़ित है और उसको रोग नहीं छोड़ रहा है तो ग्यारह अभिमंत्रित गोमती चक्र बीमार व्यक्ति के शरीर से इक्कीस बार उतार करके होलिका की अग्नि में आपको डाल देना है उनको शारीरिक कष्टों से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी देखिए दर्शकों तमाम उपाय हैं प्लीज आप लोग लाइक कीजिए यदि ग्रह आपके कुंडली में संतान प्राप्ति में बाधा डाल रहा है तो किसी भी बच्चे वाली गरीब महिला को होली वाले दिन से शुरू करके एक महीने तक की पालक हो गया सोया मेथी हो गया हरी सब्जियां कुल मिला करके आपको देनी रहेगी निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी लाख प्रयत्न कर लिए लेकिन आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं और जो विवाह योग्य युवा हैं तो करना क्या रहेगा आपके माता पिता भी कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं आ, ये उपाय आप लोग बहुत सावधानी से करिएगा होलिका वाले दिन किसी शिव मंदिर में जाइएगा और अपने साथ एक साबुत पान लेना है एक साबुत सुपारी लेनी है एवं हल्दी की एक गाँट लीजिएगा पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गाठ रख करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा इसके बाद चुपचाप पलट करके चले आइएगा पीछे मुड़ करके मत देखिएगा ये प्रयोग आप लोगों को होलिका दहन वाले दिन करना है और रंगावली जिस दिन होली खेली जाएगी उस दिन भी करनी है तो दर्शकों ये उपाय यदि आप करते हैं तो जल्दी ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे कैसा लगा हमारा होली के उपाय से संबंधित ये वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए दर्शकों यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत लेकिन जाते जाते आपसे उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को अब तक आप लोगों ने वायरल कर दिया होगा तब तक के लिए होली की अनंत शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जाते हैं नमस्कार हैप्पी होली